को स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रो एसटोबी पे दिनांक 8 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि आज हमारा ये परिवार देखिए 7 तारीख को 7 अगस्त के दिन प्रातःकाल सात बजे 100 के सब्सक्राइबर ये पूर्ण हुआ तो दर्शकों आप लोगों का बहुत बहुत आदर बहुत बहुत अभिनंदन की आप लोगों ने चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया सम्मान दिया और थैंक यू बोलना जो है बहुत बड़ी बात है धन्यवाद जैसा शब्द यहाँ पर बहुत छोटा लगने लगेगा तो मेज से लेकर मीन राशि तक के सितारे आज के दिन क्या कह रहे हैं इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज का पंचांग क्या कह रहा है इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे आगे बढ़ें दर्शकों उससे पहले हमारा जो ऑफ़र था हमने कि आज जो है मॉर्निंग में एक वीडियो पब्लिश हुई है कि फ्री जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करवाना है इसकी पूरी विधि हमने लिख के लिखी किया है हमने पूरी अनाउंस कर दी है लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं हमने उसमें पहले तो कहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग जो है पहले उनको प्रिफर दिया जाएगा अब उसमें तमाम ऐसे लोग फोन जो है मतलब कमेंट कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी हमने कुंडली पहले देख ली है उनको जो उपाय प्रोवाइड कराना था वो हम प्रोवाइड करवा चुके हैं तो हम बार बार कुंडली उनकी नहीं देखेंगे अगले को मौका देंगे पहली बात दूसरी बात ये है कि हमने क्वेश्चन पूछा था कि हम आपकी जन्म कुंडली क्यों देखें भाई क्या आधार है वाजिब है भाई प्रश्न पूछना अगर हम कुछ मेहनत करेंगे आपके ऊपर तो थोड़ी सी चीज तो आपके बारे में जानना लाजमी है तो कई लोगों का उसमें जवाब आया है काफी करुड़ और बहुत ही दुखद दुखद जवाब आए हैं मन बहुत द्रवित हो उठा देखकर और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई कसम खाए हैं कि 21 कुंडली या बीस कुंडली ही देखेंगे हमारे मन के ऊपर है जब तक लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे हम तब तक देखेंगे लेकिन शर्त यही है कि वो आर्थिक रूप से अक्षम होने चाहिए तो दर्शकों आप लोग भी उस वीडियो पे जाके उस वीडियो को आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए उस वीडियो में कमेंट कीजिए यदि आप अच्छा हैं तो देखिए अच्छा जी, लिखते हैं नमस्कार। जी नमस्कार। कुमार लिख रहे हैं तो सभी लोगों को नमस्कार राम राम चलिए बहुत समय आप लोगों का ले लिए पंचांग की ओर दर्शकों बढ़ते हैं तो आज के लिए कुछ विशेष पंचांग रहेगा तो दर्शकों आठ अगस्त ये जो हमारा दर्शकों आज का जो पंचांग बना हुआ है ये नई दिल्ली को मानक मान करके बनाया हुआ पंचांग हमारा है और पंचांग बेसिकली पांच अंगों से मिलकर बना होता है तिथि वार नक्षत्र योग करण और नक्षत्र ये पांच चीजें हैं ये कल हमने आपको बताई भी थी दर्शकों चलिए ठीक है विक्रम संबत दो हजार पचहत्तर सख और वर्षा ऋतु है श्रावण मास है कृष्ण पक्ष है कृष्ण पक्ष की जो है आज एकादशी तिथि सुबह पाँच बजकर सोलह मिनट तक की ही रहेगी उसके उपरांत द्वादशी तिथि है मृक्षिरा नक्षत्र रहेगा उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र लग जाएगा सूर्योदय होगा प्रातः पांच बजकर छियालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस पर राहु काल की अगर हम बात करें एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो बारह बजकर 26 मिनट से चौदह बजकर 5 मिनट तक की राहु काल रहेगा तो शुभ कार्यों को करने के लिए आप यदि करना ही है तो अभिजीत मुहूर्त में आप कर लीजिए अमृत काल का जो कल जो है समय रहेगा ये हमारा रहेगा चलिए आपको बताए दे रहे हैं जी हाँ दस बजकर सैतालीस मिनट से ग्यारह बज के मिनट तक ही आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं और बस यही रहेगा तो दर्शकों एक आखिरी चीज़ शायद छूट रही है हाँ दिशाशूल की यदि हम बात करें तो आज का जो दिशा दिशाशूल रहेगा ये हमारा रहेगा उत्तर दिशा की ओर बुधवार को उत्तर दिशा की ओर आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए अगर बहुत जरूरी है बहुत विशेष है बहुत अति है तो थोड़ी सी धनिया या तिल या इलायची या पिस्ता खा करके आप यात्रा कर सकते हैं आज हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा उतरा हुआ है तो ग्रह नक्षत्र बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है स्वास्थ्य थोड़ा सा जो है डाउन है तो इसके लिए अगर कुछ भूल चूक होती है तो देखिए माफ करिएगा तो इंसान ही और आज की जो तिथि है द्वादशी तिथि द्वादशी तिथि को जो है मसूर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और त्रियोदशी तिथि इसमें बैगन नहीं खाना चाहिए बैगन का दान और भच्छर दोनों त्याज माना गया है द्वादशी तिथि के जो यदि हम भगवान की बात करें जो है स्वामी की बात करें तो भगवान विष्णु जो है द्वादशी तिथि के जो है स्वामी हैं है हरि श्रीहरारायण हैं इनका पूजन आज करने से जो है बहुत ही ज्यादा लाभ की और पैसे की प्राप्ति होती है आज के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी का पत्र बिल्कुल भी मत तोड़ना तोड़ना है नहीं तो जो है आपको बहुत ज्यादा दोष लगेगा आज बहुत ही जो है सर्व तिथि मानी गई है भद्रा नाम से विख्यात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बहुत मध्यम ही फलदायी मानी जाती है जिनका जन्म द्वादशी तिथि में होता है वो जातक बहुत ही अस्थिर होते हैं किसी भी एक जगह केंद्रित इनका मन नहीं रहता है इस व्यक्ति का मन केवल जो है चंचल में और एक दूसरे की चुंगली करने में लगा रहता है बहुत पतले आकार के जातक होते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है यात्रा के शौकीन होते हैं सैर सपाटे वाले रहते हैं तो दर्शकों ये तो था कुछ तिथि विशेष चलिए अब हम जो है राशिफल पर चलते हैं मेष राशि की यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि के जो जात जातक आज हमारे ये राशिफल देख रहे हैं तो आज उच्चाधिकारी आपके कार्यकाज की जो है तारीफ करते हुए नजर आएंगे नई नौकरी का आज पता चल सकता है जो काम सबसे महत्वपूर्ण है आज उसको आप निपटा लेंगे आपको कुछ नए तरीके सूझेंगे जो आपकी प्रगति में मददगार साबित होंगे आप अपनी बात कहने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं अपने मन की बात कहने के लिए दिन अच्छा है अभी तक यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए कोई विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है आज सारा काम आप निपटा लेंगे, कोई भी काम आज आप पेंडिंग में नहीं रखेंगे जीवन साथी के साथ समय बहुत आनंददायक मधुरता पूर्वक बीतेगा व्यस्तता रहेगी दिन भर व्यस्तता रहेगी जल्दी स्वस्थ और तो आज जो है कुछ रिश्तेदारों के ऊपर आपका मूड खराब हो सकता है अपसेट हो सकता है इससे आज, आज आपको बचना है तो करना क्या है आज आज आपके लिए जो है हनुमान चालीसा का पाठ परम सौभाग्य की प्राप्ति दिलाएगा कम से कम जो है तीन बार इसका आज आप पाठ कर लीजिएगा शुभ कलर की बात करें तो रेड कलर आपका शुभ कलर है अंकाठ आपका शुभ अंक है आपको आर नाम और ए नाम के लोगों से ही अलर्ट रहना अब आप कहेंगे एरीस मतलब जिनका नाम आ से होता है उनकी मेष राशि मानी जाती है तो देखिए कभी कभी स्वजातीय नाम के लोग भी बहुत घातक रहते हैं तो इसीलिए हमने कहा कि ये नाम और हर नाम के लोगों से आज, आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है चलिए अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों आज प्रातः काल से ही यात्राओं का दौर आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा शुरू हो जाएगा आज आपका व्यवहारिक पक्ष बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा किसी महत्वपूर्ण मामले पर आज आपकी राय लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी मनचाहे काम को पूर्ण करने में ज्यादा मेहनत लगेगी सफलता मिल सकती है परिस्थितिया स्थिति बन सकती है मनचा काम भी समय से हो सकता है सामाजिक क्षेत्र में अच्छी मिलेगी आज, आज आप किसी साथी अनजान व्यक्ति या किसी दोस्त की मदद करते हुए नजर आएंगे सेहत से जुड़ी मामलों में आज कोई पुरानी रोग या समस्या उभर कर आ सकती है आज अपने काम में जो है आपका अच्छा सा मन लगेगा दूसरों की मदद के लिए जो कुछ करेंगे मन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें नहीं तो किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं मन एकाग्र करें थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है पार्टनर के साथ कहीं घूमने का मूड बनेगा पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें दिन आपके लिए कुल मिलाकर ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा आज का दिन रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों आज आपको करना क्या है देखिए सबसे पहले तो आज कोशिश कीजिएगा कि तुलसी के पौधे पर आज आपको दूध दूध का अभिषेक करना रहेगा दूध लेकर थोड़ा सा उस पर चढ़ा दीजिएगा और तुलसी के पत्र का सेवन नहीं करना है तोड़ना नहीं है सिर दर्द और पेट दर्द की आज कुछ आपको शिकायत रहेगी आपके लिए स्काई ब्लू कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा टी नाम ए नाम के लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है मिथुन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज का जो राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए है तो कई पुराने दोस्तों से आज मिलने का योग बन रहा है किसी विवादास्पद बातचीत से और परिस्थिति से ऐसी परिस्थितियों में आप फंस सकते हैं कि जिनसे आज पार पाना बड़ा मुश्किल है कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज आपको सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी मेहनत करते रहिएगा आज आज आज आज पार्टनर के साथ बिताने के लिए बहुत ही अच्छा समय है लव प्रपोजल के लिए भी समय बहुत अच्छा है आज स्थितियां कुछ आपके विपरीत जाती हुई कार्य क्षेत्र में दिख रही है खास करके जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए परिस्थिति बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। जीवन साथी के साथ अनबन हो परीक्षार्थी की की पर यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है तो आज करना क्या है कोशिश कीजिएगा कि कि किसी गरीब को चमड़े से संबंधित चीज का आज आपको दान करना रहेगा ग्रीन कलर शुभ कलर है अंक छे शुभ अंक है जी नाम एम नाम के लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि कर्क कैंसर देखिए नाम कैसा है कैंसर नाम सुन के बड़े बड़े लोगों के पसीने छूटते हैं कैंसर के तो दिन अच्छा रहेगा आज आपके पास पैसों का अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और काफी कुछ लोग आज आपकी प्रशंसा आपके कार्य की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं धर्मस्थल की भी यात्रा आज होगी आज आप दूसरों की मदद करेंगे और तनावपूर्ण स्थिति कुछ बनती हुई नजर आ रही है हालांकि अपने सूझबूझ से आज आप सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ उच्च अधिकारियों से सहयोग ठीक रखिएगा तो समय बहुत अच्छा रहेगा आज आपका कोई झूठ एक्सपोज हो सकता है देखिए तमाम हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं फिर से पढ़ देते हैं बिक्की चावला जी लिखते हैं राधे राधे शास्त्री जी तो बिक्की जी शास्त्री मत कहिएगा एक प्रकार की डिग्री होती है आप आशीष जी कह सकते हैं तो बहुत बहुत राधे राधे मयंक दुबे जी गुजरात इंडियन ऑयल लिखते हैं राम राम जी तो मयंक जी जय श्री राम जी शुभम मित्रा जी लिखते हैं अमेठी से पाए लागे भैया जी को तो शुभम जी ढेर सारा आशीर्वाद आप छोटे अनुज जैसे हैं अजीत कुमार वर्मा जी लिखते हैं शायद वाराणसी से हैं प्रणाम गुरुजी जी अजीत जी नमस्कार रजनीश सिंह जी परिवार के सभी भाई बहनों माताओं और पूज्य आशीष भैया को मेरा प्रणाम देखिए बहुत बड़ी चीज़ लिखी है जो इस चैनल पर बड़े लोग हैं उनको भी ये जो है तो काफ़ी अच्छा लिखते हैं रजनीश जी रजनीश जी आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद बहुत बहुत प्यार राहुल इसके लिखते हैं नाइस लाइफ रोहित कपूर जी लिखते हैं हेलो सर और रोहित कपूर जी फिर लिखते हैं राम राम रोहित कपूर जी दिवाकर सर की तरफ से भी आपको राम राम अच्छा जी दिवाकर जी की तरफ से राम राम समझ गए जी दिवाकर जी आपको राम राम और शाहरुख कुमार जी लिखते हैं नमस्ते भैया नमस्ते जी देवेंद्र यादव जी लिखते हैं ओके चलिए देखिए काफी कुछ कमेंट आ रहे हैं कमेंट कई लोगों के पढ़ दिए मन बहुत हल्का हो गया होगा आज तो कर्क राशि के जातको आज ल प्रपोजल यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आपका समय अच्छा है व्यापार एवं नौकरी में तारीख पैसा उन्नति सब मिलेगी स्टूडेंट्स खुश रहेंगे आसानी से सफलता मिलेगी करना क्या है आज आपको आज रुद्राष्टक का पाठ घर बैठ के ही कर लीजिएगा और देखिए चांदी का गिलास इसमें आपको जल पीना है चूंकि जो चंद्रमा होता है चंद्रमा आपके मन का कारक होता है और आपके जो माइंड होता है आपका जो दिमाग होता है उसमें 90% तक की जल ही रहता है हर एक चीज देखिए कोशिकाएं जल दिमाग में पूरा जल ही तो है आपका जितना अधिक जल पिएगा माइंड उतना अच्छा आपका साथ देगा उतना ज्यादा शार्प रहेगा और वाइट कलर शुभ कलर है अंक आठ शुभ अंक है सी नाम एन नाम बी नाम के लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है सिंह राशि शेरों की राशि तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती हैं तो हमारे जो शेर लोग ये देख रहे हैं उनके लिए आज स्वतः रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें तो दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा आज बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से मेलजोल करने में जो है सक्रिय रहेंगे लेकिन स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ता हुआ नजर आएगा फायदे के बहुत अनेक मौके मिलेंगे लेकिन हो सकता है कि आप अपने जो है भाषा के कारण उस मौके को खोते हुए नजर आए कार्य समय से पूरे होंगे पारिवारिक दोस्तों से मुलाकात हो सकती है जूनियर भी आपकी मदद कर सकते हैं आज जो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है बहुत जरूरी है वो करिएगा बाकी काम पोस्टपोन कर दीजिएगा बहुत जरूरी काम ही करिएगा कोई नई चुनौती और टास्क मिलता हुआ नजर आएगा ऑफिस में किसी संवेदनशील मामले पर हो सकता है आज आपकी बहस हो जाए व्यापार में भी दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा ठीक ठाक रहेगा थोड़ी बहुत परेशानी होने की संभावना है आज निवेश के लिए समय ठीक नहीं है थोड़ा सावधान रहिए पुराना निवेश आज आपको मुनाफा दिलाता हुआ नजर आएगा विद्यार्थी और ज्यादा मेहनत करें निराश ना हो तो सिंह राश के जो हमारे जातक है इनको करना क्या रहेगा सूर्य देव को तो आज प्रातः काल उठ के अर्घ देना रहेगा और गणेश अथर्व सीट्स का आपको पाठ करना रहेगा रेड कलर शुभ कलर है अंक छे शुभ अंक है और यदि हम बात करें तो ई नाम और ओ नाम के लोगों से आज आपको इलर्ट रहने की आवश्यकता है चलिए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं तो कन्या राशि के जातकों आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कन्या राशि के जो हमारे जातक देख रहे हैं आज कोई व्यक्ति आपके करियर पैसे और प्रतिष्ठा के लिए बहुत खास होता हुआ नजर आएगा गोचर कुंडली के भाग्य भाव का चंद्रमा आज कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा आज आप ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो जाएंगे कोई पुरस्कार सरकार के पक्ष से भी आज आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा नौकरी कारोबार में आज आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब आपको मिलता हुआ देखिए दिख रहा है कन्या राशि के जातकों को, को दांपत्य जीवन में आज सुख बढ़ेगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हो सकता है आप परेशान रहें कुछ आप चिंतित रहें देखिए रोहित कपूर जी लिखते हैं सर आपके बताए हुए उपाय से मुझे काफी लाभ हो रहा है रोहित जी हमारे बताए हुए उपाय नहीं हैं शास्त्रों के बताए हुए उपाय हैं और ये उपाय इसलिए आपको लाभ हो रहा है क्योंकि आपको हमारे ऊपर पूर्ण आस्था है पूर्ण विश्वास है आपके अवचेतन मन में ये है कि हाँ आशीष जी ने ये कहा ये करना है इससे हमको लाभ होगा और आप अपना कर्म भी कर रहे हैं हम चाहे जितने उपाय आपको बता दें और आप अगर कर्म ना करें तो यकीन मानिए उपाय वगैरह कुछ काम नहीं देते सिमरन साह जी लिखते हैं बाबा ठीक है सिमरन जी आपके लिए हम अगर बाबा हैं तो बाबा ही सही मेरा जन्म इतने इतने को है अबाउट मुझसे मेडिकल कब निकलेगी प्लीज मुझे बताइए देखिए ये आप आज जाइए जो वीडियो पड़ी हुई है फ्री कुंडली वाली उसमें हमारा वो वीडियो देखिए उसमें जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं बाकायदा स्टेप स्टेप बाय अपना नाम ये सब डिटेल दीजिए दीजिए क्यों आपको देखनी फिर अपनी मेल आईडी हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे परमित जी लिखते हैं शायद एमपी से हैं हेलो तो परमित जी हेलो जी तो कन्या राशि के जातको आज करना क्या रहेगा आज सबसे पहले तो चंदन का तिलक लगा लीजिएगा मन शीतल करेगा अब देखिए हम लोग टीका लगाने में हम भी देखे नहीं लगाते हैं आपके पास आके बैठ जाते हैं लेकिन हम फर्जी बाबा नहीं हैं कि अपने यहाँ पर ऑफिस में टीका रखे हों लाइव राशिफल लाने से पहले टीका लगा लें तो आप लोग हमको पंडित माने ये काम नहीं रहता है पूजा पाठ करिए पूजा पाठ जब हम करके बैठते हैं तब टीका लगाते हैं तिलक करते हैं रात में नहीं करते हैं तो नहीं लगाते हैं तो आज आपको चंदन का तिलक लगाना है चंदन क्या करेगा शीतलता प्रदान करेगा और मस्तिष्क जब आपका ठंडा रहेगा शीतल रहेगा तो स्वतः ही अपने आप अच्छी बातें अच्छे रिश्ते बनने लगते हैं अब देखिए कितना अच्छा प्रसंग आता है रामचरित मानस में जब आपने देखा होगा सीता जी का स्वयं होता है धनुष को जो है राम जी जब चाहते हैं टूट जाता है तो परशुराम जी आते हैं परशुराम जी बहुत क्रोधी और वो आके जो है चिल्लाने लगते हैं अरे किसने धनुष तोड़ा क्या है क्या पूछते हैं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं तो लक्ष्मण जी कहते हैं अरे आप ब्राह्मण है मस्तक पर इतना ढेर सारा चंदन लगाए हुए हैं चंदन लगाने के बाद क्रोध ये अचंबित कर देने वाली बात है तो चंदन की ये महत्ता होती है बीच बीच में थोड़ा बहुत देखिए हम आपको भागवत का भी ज्ञान देते रहेंगे तो इसके लिए भी अलर्ट रहिएगा चंदन लगाइएगा भगवान भोलेनाथ पर जल में तिल डालकर अभिषेक करिएगा रुद्राष्टक के पाठ से वाइट कलर शुभ कलर अंक तीन शुभ अंक जी नाम ए नाम यू नाम के लोगों से अलर्ट रहिएगा चलिए तुला राशि की ओर बढ़ते हैं लिब्रा आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है देखिए स्वास्थ्य बिल्कुल भी जो है बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला मामला चल रहा है बहुत ही ज़्यादा बुखार है अंदर से बहुत ज़्यादा टेंशन कह लीजिए परेशानी कह लीजिए बहुत कुछ रहता है तो तुला राशि की चलिए बात करते हैं आज आप खुद पर भावनात्मक कमजोरी हावी ना होने दें अच्छा रहेगा आज आपके लिए दिन खराब रहेगा जितना आपको डर लग रहा है उससे कहीं जाता आज आज आज आपका ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा लो रहेगा डाउन रहेगा। डाउन विपरीत के के प्रति आप आज आज आज बहुत ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। आज जीवन साथी के साथ कुछ संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे बालक के स्वास्थ्य को लेकर संतान के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है कि कुछ आपको जो है निराशा हाथ लगे रोजमर्रा में काम आपका मन नहीं लगेगा कोई जमीन जायदाद संबंधी जरूरी फैसले ना ले तो ही आज के दिन बेहतर है अन्यथा हानि उठा जाएंगे उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा पति पत्नी के संबंध भी बहुत अधूर, अधिक अधिक मधुर नहीं रहेंगे आज खर्च बहुत ज्यादा रहेगा आमदनी बहुत कम रहेगी कैरियर के लिए समय ठीक है मेहनत करते रहें तो अच्छा रहेगा तो करना क्या है तुला राशि के जातकों को तुला राशि के जातक आज आप एक पौधा लगा दीजिएगा नीम का अगर लगा सकते हैं और उसको जितना ज़्यादा पोषित कर सकते हैं ये भी कर दीजिएगा अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा आज बरगद के पेड़ में आपको कच्चा दूध चढ़ाना रहेगा ये कर दीजिएगा ऑरेंज कलर शुभ कलर है अंक 6 शुभ अंक है और बी नाम आर नाम ई नाम के लोगों से अलर्ट रहना है बी नाम आर नाम और ई नाम चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो यात्राओं की योजना बनती हुई नज़र आ रही है आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं बाहर थकान की स्थिति रहेगी स्वास्थ्य पर बहुत ही आज प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बहुत उतार चढ़ाव भरी स्थिति रहेगी रोजमर्रा के कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे पार्टनर के साथ कुछ आज आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा किस्मत का आज, आज आपको प्रॉपर साथ मिलता हुआ नजर आएगा खर्च या निवेश सोच समझ कर ही करें मन में पैसों का लेकर चिंता रहेगी लेकिन ज्यादा सक्रिय हुए तो दखलअंदाजी करने वालों की आज कमी नहीं है पैसों का बहुत ही फाइनेंशियली आज आपको बच रहना है अन्य बहुत ही जो है ज्यादा दिक्कत हो सकती है आज आप जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। अविवाहित लोगों के लिए सब्जेक्ट के स्टूडेंट है वो आज सफल होते हुए नजर आएंगे पेट के रोग और मानसिक तनाव बढ़ने के योग आज बन रहे हैं इससे आपको बचना है और करना आज क्या रहेगा आज ओम जूम सा स्वास्थ्य क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा जो है डाउन रहेगा तो महामृतुंजय मंत्र की एक माला आज आपको जब यह योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए दिन बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए पर्पल कलर आज आपका शुभ कलर रहेगा अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा सी नाम पी नाम और जी नाम के लोगों से अलर्ट रहना है धनुराशि सेजिटेरियस आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो धनराश के जातकों आज महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क हो सकता है, है, है तो कार्यक्षेत्र में आज अपने आलोचकों को आज आप अच्छा जवाब देते हुए नजर आएंगे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें संतुलित व्यवहार करें तो आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा व्यवहार होगा आज सही और गलत की पहचान आपको नहीं होगी इससे आज आपका कुछ दिक्कत होती हुई नजर आएगी रिश्तेदारों के साथ किसी तरीके का विवाद होने की संभावना है विवाद ना हो तो मतभेद की संभावना आज जो है कम है तो कोशिश कीजिएगा कि विवाद मत करिएगा आज बचत से कुछ पैसा निकालकर आप निवेश करते हुए नजर आएंगे बेकार के कामों पर काफी कुछ आज, आज आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा के जात को लव लाइफ में किस्मत का साथ आज नहीं मिलेगा विवाह की बातचीत टाल दें अविवाहित प्रेमियों के लिए समय ठीक नहीं है येलो कलर शुभ कलर है अंक 9 शुभ अंक है और आपको जी नाम टी नाम के लोगों से अलर्ट रहने की खासी आवश्यकता है जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर आपको पीपल वृक्ष पर चढ़ाना होगा चलिए कैप्रिकॉन मकर राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का राशिफल मकर राशि वालों के लिए यही कह रहा है कि आज आप पूरा ध्यान अपने कामकाज पर दें तो बहुत बेहतर रहेगा आज आपकी मेहनत का इनाम आपको पारितोषक मिलता हुआ नजर आएगा किस्मत का साथ भी आज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है सकारात्मक नजरिए से ही आज आपके पूर्ण काम होंगे अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं प्लीज आप लोग पेपर वर्क आज बहुत अच्छे से वॉच कर लीजिएगा उसके बाद कोई नया जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करिएगा वाहन क्रय करने का योग बन रहा है जमीन क्रय करने का योग बन रहा है जीवन साथी की किसी हरकत से आज आप हर्ट होते हुए नजर आएंगे उनका मूड कुछ अपसेट हो सकता है नौकरी धंधा कुछ बदलने का मन है और सेहत के मामले में दिन ठीक नहीं है कुछ वजन दर्द आपका रहेगा आंखों या सिर में दर्द का योग बन रहा है ब्लैक कलर शुभ कलर है और पी नाम सी नाम ओ नाम के लोगों से बचना है हनुमान अष्टक का पाठ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कुंभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज आपका बजट जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों पर खत्म होता हुआ नजर आएगा फिर चाहे वो कंप्यूटर हो फिर चाहे वो मोबाइल हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आज आप परचेज करते हुए नजर आएंगे आज आपके कुंडली में जो योग बन रहा है राशि में जो योग बन रहा है कुंभ राशि के जातकों को कोई नया वाहन भी आज आप क्रय कर सकते हैं तो भाई अगर वाहन क्रय करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसी राशिफल पर आ करके एक बार जो है थैंक यू जैसा शब्द तो बोल ही दे और प्रेम जताने में आज संकोच मत करिएगा नया प्रेम का प्रस्ताव भी मिलेगा के लिए 70 परसेंट आज भाग्य साथ देगा आज नौकरी और कारोबार से जुड़ी आज आपकी कोई छोटी सी भी गलती उजागर होती हुई नजर आएगी रुकावटें और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है हर परेशानी आज आपको उलझा सकती है अपने काम से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो हो सकता है कि आज आप दूसरे जो है नौकरी की जो है तलाश करते हुए नजर आ कुछ हद तक आप सफल भी हो जाएंगे हर काम सावधानी से करिएगा वाहन भी चलाइएगा तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा प्रेम संबंधों को एक नई दिशा एक नई दिशा और दशा मिलती हुई नजर आएगी नए रिश्तों की शुरुआत संभव है बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा सोच समझकर निवेश करें तो बेहतर रहेगा और स्टूडेंट्स वर्ग के लिए अच्छा दिन रहेगा पेट से जुड़ा कुछ आज आपको बेकार हो सकता है तो कुंभ राशि के जातकों आज करना क्या है दशरथ कृत आज आपको शनि स्त्रोत का पाठ करना है गणेश सतर्व का एक पाठ कर लीजिएगा ब्लैक कलर और ब्राउन कलर आज, आज आपका शुभ है क्यू नाम यू नाम ए नाम के लोगों से अलर्ट रहना है अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल पूर्ण फल मिलता हुआ नजर आएगा आज आपकी सारी योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी पैसों से जुड़ी योजना सफल होगी बिजनेस और नौकरी में आज अच्छा समय है उच्चाधिकारी भी आज आपसे अच्छा निर्वहन करेंगे अच्छा तालमेल बैठेगा आज आपके खत से परिवार की जरूरतें पूर्ण हो सकती है आज बहुत सारी जिम्मेदारियां आप एक साथ ले सकते हैं सर में दर्द रहेगा थकान रहेगी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे आज घर और ऑफिस जहां तक हो सके कोशिश कीजिएगा दोपहर तो के बाद थोड़ा सा कम बोलिएगा शांत रहिएगा संयमित रहिएगा क्योंकि आपकी भाषा के कारण हो सकता है किसी को तकलीफ हो जाए व्यवसाय एवं नौकरी में सफलता मिलने का योग है लेकिन मेहनत करेंगे अच्छा विदेश चलेगा, चलेगा। से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगी हो सकता है कि आज आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा डाउन रहे तो इससे आज, आज आपको बचना है देखिए आज, आज आपको करना क्या रहेगा जल में चुटकी हल्दी डाल करके आज, आज आपको स्नान करना रहेगा प्रातःकाल और यदि आज हम बात करें तो गणेश जी को दूरबा चढ़ाना होगा आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो वाइट कलर शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक आपका शुभ अंक है आपको के नाम? नाम के नाम, नाम ई लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है देखिए सुमित जी लिखते हैं गुरु जी प्रणाम तो सुमित जी बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आशीष गुप्ता जी जय श्री कृष्ण तो जी जय श्री कृष्ण आपको सौरव कुमार जी लिखते हैं आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान अतुल्य है न ही जी बहुत ही तुच्छ प्राणी है तुच्छ आत्मा है इतना ज्यादा हमको ज्ञान नहीं है लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इस मस्तिष्क में है हम परम ज्ञानी नहीं है वो आप तक पहुंचा देते हैं और ना हम आगे कभी परम ज्ञानी बनना भी चाहते हैं क्योंकि जो है पर्याप्त है भगवान प्रतिदिन हमको कुछ नई प्रेरणा दें जिससे हम सीख सकें कुछ चीजें आपसे हम सीखते हैं कुछ चीजें आप हमसे सीखते हैं और राकेश कुमार जी ने लिखा है परमित जी महेंद्र पटेल जी फाइनेंशियल बेन आई विल गुड तो महेंद्र जी देखिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है और सिमरन जी लिखते हैं हाँ इनकी हो चुकी है और सब लोगों का कमेंट हमने लगभग पढ़ लिया है तो दर्शकों एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई कि आप इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिए इतना ज़्यादा आपने सम्मान दिया धन्यवाद जैसा शब्द फिर कह रहे हैं बहुत छोटा है क्या थे आप लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कहा एक सब्सक्राइबर से हमने शुरू किया था आज से एक साल पहले और आज एक लाख सब्सक्राइबर भले ही हमारे चैनल पर व्यू नहीं आते हैं एक हजार पाँच सौ डेढ़ हजार दो हजार व्यू आते हैं लेकिन कभी तो हुआ ऐसा दिन हुआ होगा कि उन लोगों ने देख के ही चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो एक लाख लोग जान गए अपने आप में हमारे लिए बहुत ही इनाम की बात है बहुत ही बड़ी बात है और सब्सक्राइब आप लोग कर लेते हैं लेकिन जो बगल में घंटी है उसको आप लोग नहीं दबाते हैं तो उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दिया करिए और हमारी पुरानी वीडियो भी आप लोगों से प्रार्थना है गुजारिश है कि जितनी वीडियो पड़ी हुई है एक एक बार जा सब वीडियो आप लोग देख लीजिए तो उस पर भी कुछ हमारे व्यू बढ़ते हुए नज़र आएंगे तो ये आप कर सकते हैं मिथुन जी लिखते हैं सर को राम राम मिथुन जी जय सीताराम कभी राम मत बोला करिए मिथुन जी सीताराम बोला करिए सीताराम परिपूर्ण है मतलब राम जी के बिना सीता जी की कल्पना नहीं हो सकती और सीता जी के बिना राम जी की नहीं होती है तो कहते नहीं जय सियाराम श्री राम भी चलता है जय श्री राम भी चलता है जय सियाराम मतलब सिया के राम तो सीताराम बोला करिए हम लोगों की तरफ तो कहते भी है कि सीताराम सीताराम सीताराम कही जाहे विधि राके राम रहिए तो ये कोशिश किया करिए कि आप बोला करिए सीता राम बोला करिए मिथुन गोस्वामी जी लिखते हैं के okay. देखिए मिथुन गोस्वामी जी आप ही के गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया इसीलिए हमने आपको ये चीज बताई है तो दर्शकों कैसा लगा ये प्रोग्राम और कुछ अगर हमसे भूल चुक हुई हो चूंकि आज बहुत ही ज्यादा हम जो है स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा आज आज ये राशिफल हम करना पाते स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है डाउन है लेकिन जो है चूंकि आ जाना बहुत ज्यादा जरूरी था जीवन मृत्यु की भी बात होती तब भी आज हम आते हैं इस चैनल पर तो दर्शकों दीजिए अपने ज्योति को इजाजत सीताराम जी जी जी मिथुन जी सीताराम जी अमनदीप जी लिखते हैं पंडित जी अमनदीप जी नमस्कार तो दर्शकों दीजिए अपने इस को इजाजत और जो पुरानी वीडियो अभी पड़ी हुई है उसको आप देख लीजिएगा फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण उसमें हम करेंगे कुछ लोगों का तो आप लोग अपना कमेंट कर दीजिएगा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं रैंडम आपके सामने ही हम उसको जो है चूज करेंगे कितने लोगों के कमेंट आए कितने लोग जरूरतमंद हैं कुछ लोगों के का हृदय भी उसमें टूटेगा इसके लिए हम पहले से माफी मांगते हैं माफ़ करिएगा लेकिन कुछ लोगों का भला भी होगा सबकी भावनाओं पर उम्मीदों पर खड़े उतरना मुश्किल है क्योंकि लगभग एक लाख का ये परिवार है परिवार है हम अकेले हैं करने वाले कहाँ कहा तक दे पाएंगे लेकिन जितना भी रहेगा हम कोशिश करेंगे तो दीजिए अपने जोशी जोश को इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार राम राम और आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद